हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन माई नेम इज धर्मेंद्र मोजिद्रा आप सभी लोग जैसे जानते हैं कि हम लोग कैरोकान डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं कैरोकान डिफेंस हाउ टू प्ले अगेंस्ट कैरोकान डिफेंस पैनो बोटो के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं और अभी हमारी वही सीरीज चल रही है तो चलिए शुरू करते हैं कैरोकॉन डिफेंस के सामने पैनो बोटोनिक अटैक कैसे यूज किया जाता है आज में एक नया चैप्टर आपको बताऊंगा जिसमें मूविंग द क्वीन टू द किंग साइड ये चैप्टर का नाम है देखते है E4, C6, ब्लैक खेलेगा d5 फाइव यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन पॉन टेक्स पॉन देन सी आफ्टर पॉन टेक्स पॉन ये एक्सचेंज वेरिएशन है इसमें हमें फायदा होता है डेवलप हो जाता है और अपोनेंट का जो हमारा पॉन आइसोलेटेड है लेकिन हमारा माइनर जल्दी डेवलप होता है बिशअप टेक्स c4 e6 ई सिक्स जरूर रिमूव है वरना बिशफ इंटू एफ सेवन भी आ सकता है यहाँ पे व्हाइट खेलेगा नाइट एफ ब्लैक रिप्लाई रेगा नाइट एफ नाइट सी और a6, a6 कॉमन मूव है और इसमें कोई नॉवल्टी नहीं है हम खेलेंगे कैसलिंग शॉर्ट कैसल बिशअ e7 और रुक e1 वन कंट्रोल द सेंटर आफ्टर ब्लैक कैसलिंग यहाँ पे a3 एक वेटिंग मूव है और बिशअप b4 को हम अलाउ नहीं करते हैं ब्लैक खेलेगा b5 और यहाँ पे बिशअप a2 ल्टीपर्पज मूव है बिशअप ए और बिशअ बी वन से अटैक भी आ सकता है ब्लैक खेलेगा बिशअप बी सेवन यहाँ पे नाइट ई फाइव अटैक ऑन द सेंटर एनबीडी सेवन ब्लैक रिप्लाई आपको खेलना है बिशअप जी फाइव आफ्टर बीजी फाइव नाइट बी सिक्स और क्वीन डी थ्री दोस्तों ये पोजीशन काफी अच्छी है वाइट के लिए आप यहाँ से बहुत सारे गेम्स खेल के ट्राई कर सकते हो कि के केरोकॉन डिफेंस के सामने पैनोबोटोनिक अटैक इस तरह सेंटर में क्वीन लाके रुक डी वन और ऐसे आगे बहुत सारे प्लानिंग से इसकी एक गेम भी मैं पूरी बताऊंगा आगे एक गेम में क्वीन डी थ्री के बाद ब्लैक ने रिप्लाई दिया था क्यू और वाइट ने रिप्लाई दिया था आर ए उसने बैटरी बना दी और आर ए डी एट ब्लैक भी सामने सेम रिप्लाई देता है क्वीन एस थ्री एन एफ डी फाइव ये क्वेश्चन मार्क मतलब इतना स्ट्रांग मूव नहीं है तुरंत नाइन्टी फोर व्हाइट को स्पेस मिल गई यहाँ पे ब्लैक क्वीन बी एट खेला था और बी सब टेक्स ई सेवन फ्टर नाइट ई सेवन नाइट जी फाइव अगेन सरप्राइज मूव यहाँ पे मेटिंग थ्रेड भी है एच सिक्स फोर्स मूव है और नाइट जी क्रॉस क्रॉस एफ सेवन अगेन नाइट क्रॉस एफ सेवन किंग क्रॉस एफ सेवन और क्वीन टेक्स ई सिक्स चेक किंग एफ ओनली हो और क्वीन एप सेवन चैकमेंट तो ये थी बेहतरीन गेम अगेंस्ट कैरोकॉन पैनोबोटोनिक अटैक नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रुक को कैसे लिफ्ट किया जाए रुक लिफ्ट हाउ तो रुक, रुक लिफ्ट इन कैरोकॉन अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट कैरोकान के सामने तो और भी बहुत सारे वेरिएशन आपको देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वन बाय वन सारे वीडियो आपके सामने मैं ला दूंगा तो चलिए जल्द ही मिलेंगे जय हिंद जय गुजरात